संस्कृत विद्या भवनम वाराणसी YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं किरा नियम यह हमारी तीसरी कक्षा है इसके पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं, तो उसी क्रम में आज हम आज पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें श्लोक इस है सर्वप्रथम तो श्लोक का वाचन करते हैं क्रिया सुयुक्तृपचार चक्षुषो नीया प्रभो नुजी अतोर् छन्तु साधु साधुआ हित मनोहारी चुर्लभ वच अब यहाँ पर हम अनुमय देखते हैं इसका सर्वप्रथम नृप क्रियासु युक्त अनुजीवि चार चुषा प्रभव अतः असाधु साधुवा छंतुम अर्सी हित मनोहारी च वच दुर्लभ अब यहाँ पर हम जो है पदार्थों का अर्थ देखते हैं कि पदार्थों का अर्थ क्या है तो यहाँ पर नृप नृप क्या है संबोधन का है तो यहाँ पर हे राजन पद से राजा पद को संबोधित किया है तो नृप का अर्थ होता है हे राजन क्रियासु का अर्थ होता है कार्यों में युक्त ही का अर्थ होता है नियुक्त किए गए अनुजीवी भी का अर्थ होता है अनुचरों सेवकों अथवा भक्तों के द्वारा चार चचुसा कात्पर होता है गुप्तचर गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं ऐसे प्रभा होता है स्वामी को अर्थात नहीं ठगना चाहिए अतः इसलिए असाधु का होता है अप्री अथवा कटु वह का होता है अथवा साधु का होता है प्री अथवा सत अथवा मधुर छंतुम अर्सी का होता है क्षमा करने के योग्यों तो क्षमा करें हितम का होता है हित हितकर अथवा कल्याणकर कर मनोहारी अर्थ होता है प्रिय वचह होता है कथन दुर्लभम का होता है कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है अब हम यहां पर इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थ क्या होता है तो यहाँ पर नृप अर्थ होता है हे राजन क्रियासु क्रियासु का तात्पर होता है कार्यों में युक्त ही माने नियुक्त किए गए अनुजीव भी सेवकों के द्वारा चारु चुषा अर्थात गुप्तचर ही जिसके नेत्र हैं ऐसे प्रभु स्वामी को ना कतात पर होता है नहीं थगना चाहिए तो कह सकते हैं कि हे राजन यहाँ पर बनेचर कह रहा है कि हे राजन कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वामी को नहीं थगना चाहिए फिर कह रहा है अतः अर्थात इसलिए असाधु साधु वह साधु वचन बोले अथवा असाधु असाधु बोले का मतलब होता है कि अथवा कटु वचन बोले अथवा प्री अथवा सत्य वचन बोले छुम अगर क्षमा करने योग्य हो तो अवश्य उनको क्षमा करें क्योंकि हितम मनोहारी हितम मनोहारी हित कर अथवा कल्याणकर मनोहर मनोहारी का मतलब प्री वचन माने कथन बहुत ही दुर्लभ होते हैं बहुत ही कठिनता से प्राप्त होने वाले होते हैं कि हितकर अथवा कल्याण कर अवा प्री वचन बहुत ही कठिनता से प्राप्त होने वाले होते हैं तो यहां पर एक बार संपूर्ण अर्थ देख लेते हैं छंतुम तुम अर्थ होता है क्षमा करने के लिए माने तो क्षमा करें कि हे राजन कार्यों में नियुक्त किए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं ऐसे स्वामी को नहीं ठगना चाहिए किनको नहीं ठगना चाहिए गुप्तचरों को सेवकों को भक्तों को जिनको राजाओं के द्वारा कार्यो में नियुक्त किया गया है उनको स्वामी को नहीं ठकना चाहिए क्योंकि वह अर्थात गुप्तचर अथवा जिनको कार्यों में नियुक्त किया गया है वह प्री बोले अथवा अप्री बोले अगर क्षमा करने योग्य हैं योग्य वाक्य हैं तो उनको क्षमा कर दें अथवा क्योंकि इस संसार में हितकर और प्री वचन जो है बहुत ही कठिनता से प्राप्त होने वाले होते हैं अब उसी क्रम में हम आगे देखते हैं अब यहां पर हम देख लेते हैं हिंदी अर्थ क्या होता है कह रहा है राजन कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे स्वामी को नहीं ठगना चाहिए इसलिए आप मेरे प्री अथवा वचनों को क्षमा करें क्योंकि संसार में हितकर तथा प्री वचन बहुत ही दुर्लभ हैं, अर्थात बहुत ही कठिनता से प्राप्त होते हैं अब देखो इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है अगर हम यहाँ पर साहित्य दर्पण के अनुसार देखें तो उसमें अर्थांतर न्यास का लक्षण कुछ दूसरा है और उसमें अर्थांतर न्यास के कुल मिलाकर के आठ भेद बताए गए हैं लेकिन काव्य प्रकाश के अनुसार अर्थांतर न्यास का जो यहाँ पर लक्षण किया गया है उसके कुल चार भेद बताए गए हैं तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास का लक्षण काव्य प्रकाश के अनुसार दिया गया है तो उसी को हम पढ़ते हैं सामान्यम विशेषेण विशेषस्तेन वी कार्य कारणे ने दम कार्य समर्थित अर्थात कह सकते हो जहां पर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होता है यह पहला भेद है अथवा विशेष के द्वारा जहां पर सामान्य का समर्थन हो यह दूसरा भेद है और जहां पर कार्य के द्वारा कारण का समर्थन होता है यह तीसरा भेद है और जहां पर कारण के द्वारा कार्य का समर्थन होता है यह चौथा भेद है तो यहां पर इस श्लोक में अगर हम देखते हैं तो इसमें सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होता है किसके द्वारा सामान्य के द्वारा और किसका होता है विशेष का समर्थन होता है तो प्रस्तुत इस श्लोक में जो तीन चरण में कही गई बात है विशेष बात है और उस विशेष बात का जो चतुर्थ पंक्ति में कही गई सामान्य बात से समर्थन हो जाने के कारण यहां पर क्या होता है अर्थांतर अलंकार होता है अर्थात वही लिखा है कि प्रस्तुत श्लोक में प्रथम तीन चरण में कही गई एक विशेष बात का समर्थन चतुर्थ चरण में कही गई सामान्य बात से होने के कारण यहां पर अर्थान्तर न्यास अलंकार है अब आगे देखते हैं उसी क्रम में अगला श्लोक है हमारा सख सापम हिता सकी प्रभु सदा सुहि कुर्वते माते एक बार और इसका वाचन करते हैं हम शाकिखा साधिप हिताृणुते सकी प्रभु सदा सदाकूले सुहि कुर्वते र नृपेश अब देखो इसका अनुवाद देखते हैं यहां अधिपम न सास्ती सह किम कि हितात ना संसृते सह किम प्रभु। ही किृपुअ अमेसुचेशुसंपद सदा रतिम कुरते अब देखो इसका अगर हम इसका अर्थ देखते हैं तो यह यह का तात्पर्य होता है जो अमात अमात का अर्थ होता है मंत्री सखा इत्यादि ले सकते हो अधिपम माने स्वामी को साधु का अर्थ होता है कल्याणकारी न शास्त्री माने कल्याणकारी परामर्श नहीं देता जो मंत्री अथवा सखा राजा को अथवा स्वामी को कल्याणकारी परामर्श नहीं देता है सह किम सखा सह माने वह मंत्री सखा कुत्सित अथवा निंदित मित्र अथवा मंत्री होता है कहने का तात्पर्य यही है जो मंत्री अथवा सखा अपने स्वामी को अपने मित्र को या अपने राजा को कल्याणकारी परामर्श नहीं देता वह मंत्री सखा मित्र कुत्सित मित्र होता है फिर यहां पर यह माने यह जो राजा पद से हमको क्या पकड़ना है जो राजा हितात्मा ने अपने हितैषी व्यक्ति से ना संसुण माने हितकारी उपदेश को नहीं सुनता है वह सह वह राजा किम प्रभु अर्थात कुत्सित राजा होता है फिर यहां पर देखते हैं कि ही माने क्यों की ही का तात्पर्य क्या होता है क्योंकि नृपेशु अर्थात राजाओं में अमात्येशु माने मंत्रियों में अनुकेले अनुकूलेश माने दोनों में अनुकूलता होने पर सर्व संपदा समस्त संपत्तियां सदा माने हमेशा रतिम माने अनुराग करती हैं अब देखो इसका अर्थ देखते हैं कि राजाओं में और मंत्रियों में अनुकूलता होने पर माने मत नहीं होने पर मत भिन्न भिन्न नहीं होने पर मत एक होने पर अनुकूल होने पर जितनी भी संपत्तियां होती हैं राजा से और मंत्री से क्या करती हैं अनुराग करती हैं अर्थात प्रेम करती हैं माने मत एक भिन्न मत भिन्न भिन्न नहीं होने से मत एक होने पर अनुकूल हमेशा अनुराग करती हैं फिर एक बार इसका अर्थ देखते हैं यह माने जो मंत्री शाखा इत्यादि मित्र इत्यादि अधिपम माने स्वामी स्वामी को अथवा राजा को कल्याणकारी परामर्श नहीं देता वह कुसित अमात्र अथवा कुत्सित मित्र होता है और जो राजा हित आत्मा हित व्यक्ति से हितकारी उपदेश नहीं सुनता है वह सहमाने वह राजा कुत्सित राजा होता है क्योंकि राजा और मंत्री में अनुकूलता होने पर मन मत एक मत भिन्न भिन्न नहीं होने पर मत मत एक होने पर सभी संपत्तियां अनुराग सदा माने हमेशा अनुराग करती है अब आगे देखते हैं इसी क्रम में देखो अनुवाद देख लो जो राजा को कल्याणकारी उपदेश नहीं करता है नहीं करता वह क्या होता है कुत्सित मंत्री है अथवा कुत्सित मित्र है कुत्सित सखा है जो हितैसी व्यक्ति से उपदेश नहीं सुनता है वह वा कुस्वामी है वह क्या है कैसा मैंने कुस्वामी है क्योंकि राजाओं एवं अमात्तों के अनुकूल होने पर समस्त संपत्तियां सदैव अनुराग करती हैं तात्पर्य है कि तात यदि राजा और मंत्री में मत हो तो सर्व संपत्तियां सदैव क्या हो जाती है स्थिर रहती है माने राज्य में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है तात्पर्य है कि राजा और मंत्री की अनुकूलता पर ही राज्य और वैभव क्या रहता है स्थिर रहता रहता है, रहता है। निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता अब आगे देखते हैं इसी क्रम में अब यहाँ पर देखो इस श्लोक में भी अर्थांतर अलंकार है अर्थात सामान्य विशेषेण विशेषस्तन व यदि कार्यम चाह कारण कार्यण चा समर्थते जहां पर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होता है अथवा विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होता है अथवा कार्य के द्वारा कारण का समर्थन होता है और कारण के द्वारा कार्य का समर्थन होता है वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है तो यहाँ पर क्या है कि सर्व संपत्ति रूप आपका क्या, क्या है कार्य और इस कार्य के द्वारा जो मंत्री और राजा में अनुकूलता है अर्थात कह सकते हैं कि एक रूप रूप कारण है इस कारण का सर्व संपत्ति रूप कार्य के द्वारा समर्थन होता है तो समर्थन होने के कारण यहां पर अर्थांतर न्यास नामक अलंकार इस श्लोक में है अब आगे देखते हैं अब यहां पर उसी क्रम में हमारा अगला श्लोक है उसका हम वाचन करते हैं निसर्ग दुर्बोधम बोध चरित क्व जंतु तीषा अब देखो यहाँ पर इसकान्वय देखते हैं निसर्ग दुर्बोधम भूपती नरित क्व अबोध विपलवा जंतव यत मैयादविषाम निगूढ़ तत्व नैवर्त्म अवेदी अयम तव अनुभाव अब यहाँ पर निसर्ग तो निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव से ही दुर्बोधम अर्थात बोध माने होता है ज्ञान दुर्बोधम मतलब कठिनता से ज्ञान होने वाला भूपति नाम का अर्थ होता है राजाओं का चरितम का अर्थ होता है आचरण क्वा का अर्थ होता है कहा अर्थात स्वभाव से ही कठिनता से समझ में आने वाला राजाओं का आचरण कहा अब अब यहां पर क्या होता है बोध का तात्पर क्या होता है ज्ञान अबोध का अर्थ होता है अज्ञान अर्थात अज्ञान से अभिभूत होने से मुझ जैसा प्राणी कहाँ जंतवा का अर्थ होता है प्राणी क्वा का अर्थ होता है कहाँ माने अबोध माने अज्ञान से विक्ल अः माने अज्ञान से अभिभूत होने से मुझ जैसा प्राणी कहा जो राजाओं के चरित्र को अथवा आचरण को समझ सकू अब यहाँ पर फिर क्या कह रहा है कि यत माने जो माया माने मेरे द्वारा विध विध विषाम शत्रुओं के निगूढ़ तत्व रहस्यमयी जो तत्व है अथवा नए वर्म जो नीति पद्धति है जो राजनीति है माने समझ लिया है अर्थात यत जो मेरे द्वारा के नीति पद्धति को जो समझा गया है अयम तव अनुभाव अयम माने यह तव माने आने आपका अनुभाव का अर्थ होता है प्रताप तेज और सामर्थ अर्थात यह आपका ही प्रताप और तेज अथवा सामर्थ्य है जिसके माध्यम से मैंने शत्रुओं के रहस्यमयी तत्व को और नीति पद्धति को समझ लिया है अब देखो संपूर्ण अर्थ इसका देखते हैं कि निशर्ग, अर्थात स्वभाव से ही दुर्बोधम का अर्थ होता है कि कठिनता से समझ में आने वाला बोध माने होता है जल्दी ज्ञान होना और दुर्बोध का अर्थ होता है किसी शीघ्र ज्ञान न होना कठिनता से समझ में आने वाला भूपति नाम का होता है राजाओं का चरितम का अर्थ होता है आचरण अर्थ होता है कहा? अर्थात सुभाव से ही कठिनता से समझ में आने वाला राजाओं का आचरण कहा अबोध विप्लवा अबोध का अर्थ होता है अज्ञान माने अज्ञान से अभिभूत होने से जंत मुझ जैसा प्राणी कहा जो राजाओं का चरित्र समझ सके यत मया यत मया, होता है, जो मेरे द्वारा जाना गया है या समझ लिया गया है सब क्या समझ लिया गया है जो रहस्यमय तत्व किसका रहस्यमय तत्व शत्रुओं का और जो नीति पद्धति वह सब आपका ही प्रभाव है आपका ही तेज है जिसके माध्यम से मैंने शत्रुओं के रहस्यमयी रहस्यमयी तत्व को समझा अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि बनेचर है जिसको राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं के रहस्यमय तत्व को जानने के लिए नियुक्त किया था जब आता है तो युधिष्ठिर से कहता है कि मुझ जैसा अज्ञानी प्राणी और जो राजाओं का जो आचरण है कैसे समझ सकता है क्योंकि राजाओं का आचरण किसी भी व्यक्ति को इतना शीघ्र जो है समझ में आने वाला नहीं है और मैं जो भी राजाओं के तत्व को समझाऊं वह सब आपका ही प्रभाव है अब उसी क्रम में हम आगे देखते हैं पर देखते हैं इसका निसर्ग दुर्बोधम माने स्वभाव से ही कठिनता से समझ में आने योग्य भूपति नाम का होता है राजाओं का चरितम का होता है चरित्र आचरण क्वा माने अर्थात क्वा माने कहा चरित्र अथवा आचरण अबोध माने अज्ञान से अभिभूत होने वाले का अर्थ होता है प्राणी क्वा का अर्थ होता है कहात्रुओं के निगोर तत्व का अर्थ होता है यह तब तो माने आपका अनुभाव का अर्थ होता है प्रताप तेज और सामर्थ अब देखो इसका अब देखो यहाँ पर हम श्लोक का अनुवाद देखते हैं यहाँ पर बनेचर कह रहा है हे राजन स्वभाव से ही कठिनता से समझ में आने वाला योग्य राजाओं का चरित कहा अथवा आचरण कहा और मुझ जैसा अज्ञान से अभिभूत बुद्धि वाले पुरुष अथवा प्राणी कहा फिर भी दुर्योधनादि दुर्योधनादिशत्रुओं के अत्यंत रहस्यमय नीति मार्ग को जो मेरे द्वारा जाना गया है यह आपका ही प्रभाव है अर्थात आपके ही प्रभाव से आपके ही तेज से आपके ही सामर्थ्य से मैंने शत्रुओं के अत्यंत रहस्यमय नीति मार्ग को जो मेरे द्वारा ज्ञात किया गया है वह आपका ही प्रभाव है आपका ही तेज है आपके आपके सामर्थ्य के द्वारा ही मैंने उनके रहस्यमय मैं नीति को जान सका हूं अब देखो इस श्लोक में विषम अलंकार है विषम अलंकार का लक्षण होता है क्रिया गुणक्रियाभ्याम ्या्याश्लेशवाप्ति ये गुणक्रिये क्रमेण चाविरुद्धे यत्सा एष विस्मो मत कोचित क्वचि अति वैधर्मिया कहीं कहीं संबंधियों के अत्यंत वैधर्म के कारण वैधर्म का मतलब होता है विरुद्धधर्म के कारण श्लेष माने जो संबंध है उस संबंध की प्रतीति जहां पर नहीं होती है यह विषम अलंकार का पहला भेद है अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि कर्तु जहाँ पर कर्ता को क्रिया के फल की प्राप्ति ना हो अर्थात क्रिया का नाश हो जाए और कर्ता को अनर्थ विषय की प्राप्ति हो यह विषम अलंकार का दूसरा भेद है माने क्रिया फला फलव आप नैवान यद भवेद क्रिया को फल की प्राप्ति ना हो और कर्ता को अनर्थ विषय की प्राप्ति हो तो वहां पर क्या होता है विषम अलंकार होता है अब देखो तीसरा भेद हम विषम अलंकार का देखते हैं क्रियाभ्याम जहां पर कारण का गुण और कार्य का गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं वहां पर विषम अलंकार होता है और यह विषम अलंकार का तीसरा भेद है अब देखो चौथा भेद हम देखते हैं विषम अलंकार का जहां पर कार्य भूत जो क्रिया होती है अथवा कारण भूत जो क्रिया हो एक दूसरे से भिन्न हो तो वहां पर विषम अलंकार होता है अब इस श्लोक में जो विषम अलंकार है जैसे जो बनेचर है वह अज्ञानी है उसमें किसी प्रकार का क्या है कोई ज्ञान नहीं है फिर भी वह युधिष्ठिर के प्रताप और तेज के सामर्थ्य के माध्यम से ही वह शत्रुओं का आचरण समझ सका और उनके जो गुप्त रहस्यमय जो नीति है उसको समझ सका लेकिन राजाओं का जो आचरण व्यवहार वह सरलता से कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है इसलिए यहाँ पर बनेचर क्या है अज्ञानी है अज्ञानी और जो राजा लोग होते हैं वह बहुत ज्ञानी होते हैं उनके रहस्यमय नीति को अथवा उनकी जो राजनीति होती है उसको समझना बहुत कठिन है और राजा लोग बहुत ज्ञानी होते हैं तो राजाओं का जो ज्ञान है और वह चर का जो अज्ञान है दोनों क्या है एक प्रकार से विरुद्ध धर्म है वैधर्म होने के कारण संबंध की यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई प्रती नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर क्या है विषम अलंकार है आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत